चप्पल ये है दूसरी चप्पल ये है मतलब इन दोनों का जो पेड़ है ना, वो वहां रखा हुआ है देख लो सच कहता हूँ मैं झूठ नहीं ऑफिस का एक जूता यहाँ है दूसरा वहां है चप्पलें दोनों यहाँ हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ है मिस्टर आगी मैंने आगी को इसकी कैल्शियम बोन दे रही है तो ये धीरे धीरे चाट रहा है कैल्शियम बोन को मजे ले रहा है ही इंजॉयज इट नाउ कोने में जाके बैठ गया आराम से आप चूसता रहेगा तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठ गया था औगी के साथ थोड़ा खेल कूद रहा था, सुबह जल्दी उठ के ब्लॉग भी एडिट किया और अभी फिलहाल ब्लॉग रेंडर हो रहा है आज वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट हो सकता है जब सुबह ऑगी के साथ खेल रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसके कुछ टिक्स फिर से आ गए हैं अब मुझे पता नहीं कि ये क्यों हो गया है क्योंकि अभी तक तो बीच में तो इसके सारे टिक्स गायब हो गए थे तो फिर मेरे को याद है कि हमारे साथ ही एक बार मार्केट गया था वहां पर इसने थोड़ी गंदगी मचाई थी जमीन पे बहुत रगड़ा था अपने आप को लेटा बेटा था जमीन पे में भी उस वजह से आ गे हैं मैंने दिया है ये काम करने के लिए तो काफी ज्यादा देख समझ के मैंने चीजें साफ कर दी है खा लो खा लो कैल्शियम बोन खा लो तुम्हारे लिए दो, दो टुकड़ों में कर दिए एक टुकड़ा यहाँ पर आए किसके मुंह में खाली बेटा खाली इंजॉय द फूड तो जो कल रात की बची हुई पेस्ट्री है ना मेरा मन कर रहा है वो खाने का भूख सी लग रही है इसी दिन के लिए तो मैंने इसे बचा के रखा था ताकि मैं इसे कल सुबह इंजॉय कर पाऊ क्या कर रहा होगी मेरे पैर रुपये तुझे दिया तो है कैल्शियम बोन खा ले उसे मैं क्या दू और क्या दू तुझे पेस्ट्री खाएगा नहीं मीठा नहीं खिलाऊंगा मैं तुझे जय डॉग बोन खा ले वहां रखिये वो सी गोदेर गोदेर होगी मुझे खाने दे भाई प्लीज़ भूख लग रही है मेरे को आप लोगों में से भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ठंडी पेस्ट्रीज़ पसंद है कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ताज़ी पेस्ट्रीज़ पसंद है कि उसको रेफ्रिजरेट करने के बाद जो ठंडापन उसमें आ जाता है थोड़ी जो टाइटनेस आ जाती है सख्तपन आ जाता है वैसी पेस्ट्रीज़ पसंद है कमेंट करके बताओ मुझे तो ये ठंडी पेस्ट्री ज़्यादा पसंद है ये नौ बजिया टाइप से क्या हाँ, हाँ. अपना पुराना वाला नौ बजिया खराब हो गया। खराब कर दिया मैंने सही किया हाँ, तो है, हाँ। है उस वाली बालकनी में रखा हुआ था लेकिन वहाँ से अब हमने यहाँ ले आया है क्यों क्यूँकी ऑगी वहाँ पे पॉटी पुटी कर देता है और हमें फिर दिक्कत होती है सफाई को फूल करने में तो सब ऑगी का किया धारा है ऑगी वेर आर यू भाग गया कही पे की वजह से हम लोगों ने पेड़ों को इधर शिफ्ट कर दिया ये वाला ले चलो इसे धूप धूप चाहिए दूप नहीं है नहीं मैं क्या करो? ये बड़ा वाला हाँ। मैं क्या कह कहू सारे ले चलते हैं तुलसी को यहाँ रख देते हैं बस खराब हो जाएंगे यार इतनी मेहनत से तो लगते हैं। अब देख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहले भी वही खराब कर देता है वहाँ पे अब यार वो तो बच्चा है वो तो करेगा ही यार ये सारी चीजें कैमरा पकड़ ले मैं ले चलता हूँ मुझे चल दो एक दिन, दिन देख लेते हैं फिर देख देखो कैसे अगर यहाँ ग्रोथ है इनकी मतलब तो तो मर नहीं रहे तो फिर यही चलने दो कोई दिक्कत नहीं दे है ठीक है मॉनिटरिंग करो अभी तुम इनकी तो, तो ब्रेकफास्ट में आज क्या शील ये तो पकौड़े लग रहे हैं किस चीज के पकौड़ेट ब्रेड कटलेट इसमें मूँगफली भी डाली है सर ओ चलो ठीक है डाल सकते थे वैसे लेकिन चलो ठीक है जो है वही खाना पड़ेगा वही खाना पड़ेगा बट इट लुक्स इट लुक्स वेरी टेंटिंग बहुत बहुत टेंटिंग लग रहा है मन कर रहा है इसको मैं छू लूँ हाँ हाँ हाँ छू कर एहसास हो रहा है कि ये कितना डिलीशियस होगा Later. तो का time हो गया है। क्या देंगे खाना आ गया रुक जाओगी रुक जाओगी नो अरे डाल लेने दो रुक, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ कितने प्यार से खाता है <laughs> ओगी, भूख लगी दात से के से शिल्पी पास जाके बैठ गया। ओगी, ये पानी में खिलाऊं ब्रेड तुझे, आजा। से काट लेके चला गया पूरी खा ले यार <laughs> मस्ती हो रही है। आगी की मस्ती हो हो रही है। हो रही है। है? तुम्हारी क्या इससे दूर दूर रहो, रहो। <laughs> मेरे बेटू शोलिया। गोलू मेरा बेबी। कर ली अच्छे से। तो हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे एक मेरे को रील बनानी है तो उसके नॉट जबरदस्ती और ऐसी धूप नहीं हैल जाओ ऐसी भी कोई धूप नहीं है चारे को मैं छुपा रही थी बाथरूम में छुपा के लेके गई हूँ हाँ तो तो तू चढ़ जा देख वो अपने आप चढ़ जाएगा पूरी सीढ़िया देख देख, देख देख देख देख कैसे जा रहे लास्ट भी नहीं, है। नहीं सब चढ़ गया था उस दिन आया था ये देख देखो कहा धूप है थोड़ी गर्मी है बस वैसे ग्रिल की शूट करनी इसीलिए पे आए हैं कोई जबरदस्ती नहीं हुई है तो फ्रेंड्स आज मैं बना रहा हूँ खिचड़ी बहुत दिनों बाद घर में खिचड़ी बनेगी बहुत मन कर रहा था खिचड़ी खाने का यार मतलब बहुत मन कर रहा था खिचड़ी खाने का तो मैंने कहा चलो मैं बनाता हूँ खिचड़ी अपने स्टाइल से ऑगी और शिपी खेल रहे हैं औगी अब थोड़ा सा समझदार हो गया है आज इसने दो बार पोटी करी लेकिन दोनों बार बाहर गया बालकनी में खुद करा और फिर अंदर आया समझदार हो रहे हो तुम मेरे बच्चे हैं समझदार समझदार तुम हो हो गए इसे इसे मारा मारा मत करो। मारा मत करो करो हम नहीं, नहीं अभी डांट देंगे बस। तो लीजिए मैडम वर्ल्ड फेमस फिशरी आ गई है आपके खिदमत में हाजिर मैं भी आ रहा हूँ अपनी वाली लेके hours later शाम हो गई है मैं शिल्पी और ऑगी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए मैं सिर्फ जिसमें सिर्फ मैं घूमूंगा ये दोनों अपने घर रहेंगे मतलब शिल्पी के घर जाएंगे ये लोग तो मैं एक दो काम है वो करूँगा उसके बाद जाऊँगा दीपक भाई से मिलने Eventually तो मैं आ गया हूँ इधर बाहर मार्केट में दीपक भाई खड़े हैं गाड़ी के पीछे कैमरे के आगे आने से आज पता नहीं कि शर्मा रहे हैं दीपक भाई पता नहीं क्यों मैंने बहुत इंसिस्ट किया बहुत कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोला नहीं ये वो मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है मैंने कपड़े अच्छे नहीं मैंने पता नहीं वॉट एवर तो अभी रोशनी भी कम हो रही है मैंने कहा बस शूट करके ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पे तो वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो ये कैसा लगा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिलयर स्टे सेफ लव टू